कमाल कहा कमाल कहा कमाल कहा बेमिसाल कहा बेमिसाल कहा बेमिसाल कहा कमाल कहा कमाल कहा कमाल कहा तूने भी एक सवाल कहा तूने भी एक सवाल कहा हमने भी एक सवाल कहा तूने भी एक सवाल कहा हमने भी एक सवाल कहा फिर बवाल कहा फिर बवाल कहा फिर बवाल